टीकमगढ़ में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस समय खुल गई जब टिकट ले रहे यात्रियों के बीच टिकट को लेकर मारपीट शुरू हो गई कुछ लोगों ने एक युवक की लात खूसों से जमकर पिटाई कर दी वहीं स्टेशन में खड़े लोग इसका वीडियो बनाने में लगे रहे मगर एक भी सुरक्षा कर्मी बीच बचाव करने नहीं आया टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक व्यक्ति के साथ कई लोगों ने लात घूसो से मारपीट शुरू कर दी यात्री अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर एक टिकट विंडो है यात्री लाइन में खड़े होकर टिकट ले रहे थे तभी अचानक यात्रियों के घटना मानी जाती है और लगभग रोज ऐसे ही हालात बनते हैं लेकिन रेल अधिकारी इसकी जवाबदारी नहीं लेते सुरक्षा के नाम पर यह स्टेशन शून्य हो चुका है शायद जिम्मेदारों को बड़े हादसे का इंतजार है